हेलो फ्रेंड मेरा नाम सूरज और आप देख रहे हैं स्केटी दुनिया दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे अपने मोबाइल से खुद से बनाएं ई श्रमिक कार्ड भारत सरकार द्वारा सभी असंगठित क्षेत्र का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त दो को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था इसके जरिए प्रवासी श्रमिक निर्माण श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाता है इसके फ़ायदे ये है कि इसमें आपको दो लाख की बीमा राशि और आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपए की राशि मिलती है और इसके लिए आपको कोई भी पीएम प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो चलिए इसे कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से बनाना है हम जानते हैं तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में चले जाएँगे वहाँ पर आपको टाइप करना है इस शर्मिक इस शर्मिक टाइप करेंगे तो क्लिक करना है आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में एक भारत सरकार का पोर्टल है ई श्रम आपको यहां पर क्लिक करना है इससे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा पहले हम यहां पर ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे यह डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगी जाएगी जैसे आधार नंबर आधार से लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल नीचे में आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके आधार से लिंक हो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर टाइप करते हैं क्या डालते हैं अब ये दो ऑप्शन दिख रहा है आपको दोनों में नो करना है ये दोनों ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ प्रोविटिव फंड ई का अगर आपको ई है पीएफ अकाउंट है तो आपको यहाँ यश करना है वरना नो no करना है एक ईएसआईसी का है अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस है एम्प्लॉज इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पे यश करना है वरना नो no करना है और नीचे में सेंड ओ का ऑप्शन है तो चलिए हम सेंड ओ पे क्लिक करते हैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं अब यहां पे आपका आधार नंबर मांग रहा है आधार नंबर डालते हैं यहां पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट प्रिंट और ओ आप अपने मोबाइल से बना रहे हैं तो ओटीपी पे क्लिक करते कर रखना है यहां पे कैप्चा डालना है फिर से यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, है? आप कौन से स्टेट है स्टेट मांग रहा है तो स्टेट डालना है आपका डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, डिस्ट्रिक्ट डालना है आप शहर से यहां गांव से वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर हाउस नंबर मांग रहा है तो अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो वार्ड नंबर डाल सकते हैं लोकलिटी मांग रहा है तो यहाँ हम डाल देते हैं लोकालिटी कौन से आप इलाके में रहते हैं इलाके का नाम क्या है यहाँ स्टेट फिर से क्लिक करना है स्टेट पर टाइप करना है यहाँ फिर से डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ मांग रहा है यहाँ पर पिन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं तो आपको जो जितना साल है उतना साल से रहते हैं वो आपको यह डालना है सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो यहाँ पे हम अपना एजुकेशन डिटेल डालेंगे यहाँ पे आपका मंथली इनकम मांग रहा है यहाँ मंथली इनकम डालेंगे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका एक ऑप्शन आने स्किल आप क्या काम करते हैं उसके बारे में बताना है नीचे यहाँ ऑटो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे आप जो भी सर्च कीजिएगा उसका यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कितने सालों से काम करते हैं वो डालना है यहाँ पे आप मांगा जा रहा है हाउ डू यू एक्च आर स्किल सब स्किल अगर आपके पास कोई और स्किल है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं वरना ना सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल मांग रहा है तो चलिए हम बैंक डिटेल डाल देते हैं यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर पर फिर से कन्फर्म करना है दोबारा से अपना अकाउंट नंबर डालना है अकाउंट होल्डर नेम डालना है सेव एंड कंटन्यू पर क्लिक करना है दोस्तों एक बार यहाँ पे आपको डिटेल चेक करना है सब सही है हर सही है पूरे से डिटेल चेक कर लेना है यहाँ बॉक्स पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर लेना है यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड बंद किया गया है बारह डिजिट का रहता है जैसे आधार नंबर में रहता है दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा